तो ये जो गोचर रहेगा आप लोग देख सकते हैं देवगुरु बृहस्पति जो मालिक बनते हैं आपके छठे और नवम भाव के छठा भाव और नवा स्थान जो है भाग्य का भाव इसके स्वामी बनते हैं और देवगुरु बृहस्पति जो गोचर करेंगे ये सप्तम स्थान में गोचर करेंगे सप्तम स्थान जो होता है ये आपके साझेदारी का होता है ये आपके छोटे मोटे बिजनेस का होता है व्यापार का होता है ये आपके पत्नी का घर होता है तो, तो इस गोचर के कारण दर्शको होगा क्या जो भी हमारे जातक अविवाहित हैं इनको विवाह से संबंधित किसी भी जो है यदि समस्या से जो है दो चार होना पड़ रहा था तो अब जाकर के फाइनली आपका विवाह हो जाएगा लेकिन यदि आप लोग व्यापार कर रहे हैं तो व्यापार में लापरवाही मत करिएगा अन्यथा आपको नुकसान हो जाएगा दुगनी मेहनत से यहाँ पर आपको काम करना पड़ेगा क्योंकि शनिदेव भी ऑलरेडी बैठे हुए हैं तो शनि क्या है शनि आपसे मेहनत मांगते हैं शनि आपसे परिश्रम मांगते हैं तो जितना ज्यादा आप परिश्रम करेंगे उतना ज्यादा व्यापार में आप लोग उन्नति करेंगे पार्टनरशिप में यदि आप कोई व्यापार करने की सोच रहे हैं तो कोई भी काम करिएगा तो कागजी कार्यवाही कर करके तब करिएगा पेपर वर्क करके तब करिएगा अन्यथा आपको धोखा मिल सकता है अभी तक आप लोगों को धोखा मिलता हुआ भी आया है फिर यदि आप पैसा लगाने जा रहे हैं इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो बहुत ध्यान रखिएगा साथ ही साथ देवगुरु बृहस्पति की पंचम दृष्टि एकादश स्थान अर्थात धन के स्थान को पढ़ रही कोई भी कभी भी आप लोग ट्रांजेक्शन करिएगा पैसों का लेन देन करिएगा कैश में मत करिएगा अकाउंट टू तो अकाउंट करिएगा किसी को पैसा आपको उधार नहीं देना रहेगा यदि आप किसी को पैसा या धन उधार देते हैं तो आप उसमें बहुत ज़्यादा जो है उलझते चले जाएंगे आपको वो धन आपको वापस नहीं मिलेगा साथ ही साथ व्यवसाय में यदि आप निवेश करने की सोच रहे हैं तो गुरु आपको आर्थिक सहायता भी दिलवा सकता है कोई लोन इत्यादि यदि आपने अप्रूव करने के लिए डाल रखा है तो वो आपको लोन इत्यादि अप्रूव हो जाएगा परिवार में किसी से मतभेद की वजह से आपको कुछ मानसिक तनाव हो सकता है कोर्ट शहरी में अब तक यदि किसी से बात विवाद में फंसे थे तो वहाँ आप लोग कुछ पैसा खर्च करके आपसी तालमेल बैठाने की कोशिश करेंगे और इसमें सफल हो जाएंगे साथ ही साथ देवगुरु बृहस्पति की सप्तम दृष्टि लग्न में पड़ रही है तो आप कोई ऐसा कार्य करेंगे कि कार्य क्षेत्र में आपको उच्चाधिकारी वाहवाही के आप लोग पात्र हो जाएंगे कोई आपको जो है एक्सपेंसिव गिफ्ट वगैरह बॉस से मिल सकता है यहाँ कोई आपको प्रमोशन मिल सकता है क्रेडिट मिल सकता है ट्रांसफर का परिवर्तन का योग है यात्राओं का योग है यहाँ पर आप लोग यात्रा करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं कोई यदि अचानक से आपका शत्रु होगा और आप पर हावी होने की सोच रहा होगा तो आप लोग कुछ मत करिएगा और स्वतः अपने आप खर्च कर, जो है मतलब अपने आप ही वो खत्म हो जाएगा साथ ही साथ आपके जीवन साथी के साथ आपका कुछ बीच में जब गुरु वक्री हो जाएंगे तो मतभेद हो सकता है यदि आप अविवाहित हैं तो जो है आपको आपका मनचाहा साथी जो है मिल सकता है प्रेम विवाह होने के भी यहाँ पर योग रहेंगे तो काफ़ी कुछ चीज़ें रहेंगी यहाँ देवगुरु बृहस्पति सप्तम दृष्टि जो है अपनी उच्च राशि पर दे रहे हैं वहीं पर नवम दृष्टि यहाँ पर आप लोग देख लीजिए कि पराक्रम के घर को दे रहे हैं तो आप लोग अपने पराक्रम के बल पर कई चीज़ें हासिल करते हुए दिखाई पड़ेंगे फिर चाहे वो नाम हो फिर चाहे वो नौकरी हो फिर चाहे इज्जत हो फिर चाहे सोरत हो उपाय के तौर पर कर्क राशि के जातकों को करना क्या रहेगा देखिए कर्क राशि के जातकों प्रयास ये करिएगा कि एक पांच मुखी रुद्राक्ष पीले रंग के धागे में गले में आप लोग धारण कर लीजिएगा प्रत्येक बृहस्पतिवार आप लोग जो है खिचड़ी बना लीजिएगा और गाय को जरूर खिलाइएगा यदि हो सके तो केसर का तिलक नित्य मस्तक जिभा नाभि पर आपको लगाना रहेगा साथ ही साथ यदि आप किसी छोटी कन्या को गोद ले लेते हैं गोद इन जैसे उसके ट्यूशन का खर्च हो गया पढ़ाई का खर्च हो गया कॉपी किताब पेन पेंसिल का खर्च हो गया तो आपके लिए सोने पर सुहागा रहेगा ये आप उपाय करिए और निश्चित रूप से आप लोग लाभ लीजिए तो दर्शकों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 Darling, darling, son.